क्यों क्यों क्यों निकाला सॉरी सॉरी बाला तुम तुम ठीक हो मार दिया आज ही बस कर मत मार सुबह आगे मारा था पीछे मारा ये कैसी है मुझमे जहरीला मकड़ा फेंका है तुम पर तो जहरीला मकड़ा फेंका है, मुझसे तो कह रहा था कि सुअर की टट्टी चाटो बुले, बुले, बुले, बुले, बुले। चलो पिछले जन्म का याद दिलाने का काम इस जन्म में उस आदमी को दिया जो खुद भूल कर तू नर्तकी है तू भांड है हाँ, और तू देखी। वाह वाह, महाराज फूलों अरे फूलों अरे कोने में तो चलो आज हम अपनी शाही तलवार नहीं लाए हैं, लाए हैं। और क्या-क्या छुपा -क्या रखा है तहखाने में? मेरे तय खाने में तेरे कभी कभी लगता है कि आप उन्हें भगवान है